छतरपुर में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला और उसके बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया गया है इस हमले में महिला की मौत हो गई व उसके बच्चे घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उनका इलाज जारी है फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है छतरपुर के रजपुरा गाँव से हत्या का एक मामला सामने आया है जहाँ एक महिला और उसके बच्चों पर जानलेवा हमला किया गया है बताया जा रहा है पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है जानलेवा हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गयी वही बच्चे घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज जारी है मृत महिला का नाम गीता यादव और उसके बच्चों के नाम टिंकू व प्रिंसी बताया जा रहा है महिला के पति का नाम हरलाल यादव है महिला के पति का अपने ही परिवार के चाचा से किसी बात पर अनबन थी जिसके चलते चाचा राजा राम व उनके साथी ही हीरा के घर में घुसे और धारदार हथियार से उनकी पत्नी व बच्चों पर हमला कर दिया वही आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने महिला का शव सड़क पर रखकर बिजावर गुलगंज रोड के रजपुरा में जाम लगाकर प्रदर्शन किया जिसके बाद जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है सर घर में घुस के के। मार दिया रात राजाई जो हमारी पत्नी है सारा हमारी पत्नी ने पत्नी पे किया सर बच्चा को भी गर्दन आदि काट दी तो बच्ची की भी गर्दन काट दी ये रजपुरा गाँव आता है थाना गुलगंज अंतर्गत वहाँ पे हमारे पास जानकारी आएगी जो गीता यादव है जिनके लगभग थर्टी इयर्स के आसपास पास है जिनके दो बच्चे हैं उनकी डेड बॉडी घर पे है और उसमें कुछ चोट के निशान भी थे सीरियस मैटर था थाना प्रभारी अनुभाग कम्बल गया और उसका पीएम करा लिया गया अभी मर्ग हमने कायम कर लिया और जैसे इसमें साग छाएँगे और जो भी तथ्य मिलेंगे उस अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें